So, आज, मैं सो नए ब्लॉक के साथ सबसे पहला मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ एक मोबाइल स्टैंड विच इज फ्रॉम पोरटोनिक्स सो ये काफी अच्छा है मैंने देखा था ये ऐसा दिखता है मैं आपको कैमरा एंगल गरें चेंज करके दिखाता तो। हूँ ऐसा दिखता है मैं आपको दिखा दो तो, लाइक और, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ये दिखता है ऐसा सो लेट्स इसकी मुझे बहुत जरूरत थी अगर मैं ऐसे अनबॉक्स कुछ कर रहा हूँ तो रख सकूँ मैं ट्राईपॉट तो भी मंगा सकता था बट वो मैंने ऑर्डर किया हुआ है जो तब मैं अनबॉक्सिंग उसकी दिखाऊँगा सो so, ये रहा वो सो so, ये यहाँ पे शैंड हो सकता है और मेरा अनबॉक्सिंग टेबल एक वॉशिंग मशीन है सो प्लीज़ इग्नोर इट सो ये है हमारा जिसपे हम स्टैंड करेंगे ये है हमारा फोन जिसपे हम फोन स्टैंड करेंगे और ये फोन जहाँ पे चार्ज करेंगे लाइक दिस अब देख ही सकते हैं सो so ये मुझे बहुत अच्छा लगा बस इसके एक प्रॉब्लम है मैं एक वायर लेके आया और एक और वायर लेके आया उसका कंपेरिजन देख सकते वायर जो है वो हमारी गेम चार्जर थोड़ा सा ऐसा होता है फिर नीचे से फोल्ड हो जाता है और एक है वैस ये वाला नॉर्मो ये वाला और इसका भी वैसे ही है सेम फोल्डेड ये मैंने टू हंड्रेड की अलग से परचेज की थी और ये तो कहीं भी आपको मिल जाएगी सस्ते सस्ती तो वो डिपेंड कर कहाँ से हूं? तो मैं आप आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसके यहाँ से मैंने डालना है पीछे से ऐसे फिर यहाँ पे लाना है और इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ डाल सकता हूँ ये इजी फॉर कैप कैपटेबल है कैपटेबल जो भी कहते हैं ऐसे डाल सकता है और वेयर एज़ हम दूसरी वेयर एज वायर करेंगे ये वाली तो ये आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये जो है ये ऐसे फिट होएगी अब जितना मर्जी कोशिश कर लो वो ऐसे ही फिट होएगी और ये ओवर कर देगी ऊपर कर देगी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से ये ऐसे फिट होएगी ऐसे नीचे वायर लगभग कोई भी नहीं है बट फिर भी ये ऊपर है अब देख रहे हैं ऊपर है तो फिर ये इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी इसके फोटो में दिखाया है कि वो लगेगी मुझे वो फ़ोटो एक मिनट में दे दो कहाँ पे है ये इसके फ़ोटो पर वो ये जो फ्री चीज है ये बहुत ऊपर है आप कर सकते हो बट जो मुझे ओरिजिनली मिला था वो इतना ही था तो मैं इतना ही रखूँगा ये मैंने खरीदा था अ 150 का फ्लिपकार्ट से ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ इसकी प्राइस यहाँ पे लिखी है कहाँ लिखी है प्राइस यहाँ पे लिखी है सिक्स नाइन्टी नाइन मतलब सात सौ रुपये यहाँ पर लिखा गया दिखाता हूँ सात सौ रुपये इसकी एम दिखा रहा है बट मुझे ये वन फिफ्टी का मिला तो वन फिफ्टी के हिसाब से अच्छा है और अगर आपने चार्जर लेना है ये वाला गेमिंग चार्जर ये तो फिर आप बेस्ट है क्योंकि ये इतना अच्छा चार्जर है ना फास्ट चार्जिंग करता है गेमिंग के लिए भी अच्छा है क्योंकि फिर ऐसे पकड़ होता है तो फिर वो यूज़ कर सकता है और अब मैं इसके ऊपर स्टैंड करके आपको दिखाऊँगा सो ये बट बन... ऊपर कर देते हैं हमें ऐसे चाहिए होता है तो ऐसे अच्छा इसको बस फिट करना थोड़ा ना ज़्यादा मुश्किल है एक बार के लिए फिर आप हिलाओगे तो यूजेबल हो जाएगा तो so, मुझे लगता है इस वीडियो के लिए बहुत है मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया मैं इसको रेटिंग दूंगा काफ़ी अच्छी इसको फाइव स्टार दूँगा क्योंकि ये चार्जिंग के लिए भी ऐसे इस करते कि ये वायरलेस चार्ज कर रहा है बट ये पीछे पीछे तारों सारी निकाल देता हैं तो so, ये मुझे अच्छा लगा इसको मैं वायरस के लिए यूज़ करने वाला हूँ वो मैं सेटअप जो मैं अभी बुलाऊँगा थोड़े दिन में शूट करने वाला हूँ तो मुझे लगता बहुत है मिलते हैं अगली वीडियो में बाय